हेलो गाइस ये वीडियो अच्छा लगता है तो तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब गाइस एडिटिंग कैसी है कमेंट में बता मेहनत लगी है गाइश तुम्हें जरूर वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करना